उत्तर प्रदेश में आयुष कॉलेजों में दाखिले के नाम पर वर्षो से ठेका प्रदा चल रही है जिस गति से सख्ती होती है उसी गति से रैकेट अपनी चाल बदल लेता है नीट के जरिए केंद्रीय कृत दाखिले की व्यवस्था हुई चाल साजो ने हार्ड डिस्क से ही छेड़छाड़ कर दी गई मामला पकड़ में आने के बाद भी जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई न होने ऐसी दाखिले के ठेकेदारों के हौसले बुलंद रहते हैं प्रदेश में पहले विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से सीधे बी एम और बी में दाखिला होता था बी के लिए संस्कृत और बी के लिए उर्दू विषय अनिवार्य था अब दोनों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है वर्ष उन्नीस सौ अठहत्तर में सी के जरिए ऐसी कॉलेजों में दाखिला होने लगा इसके बाद भी आयुर्वेदिक एवं यूनानी कॉलेजों के दाखिलों पर सवाल उठता रहा स्थिति यह रही कि की और गाजीपुर स्थित कॉलेज के कई छात्रों को चार साल की पढ़ाई के बाद उनका दाखिला दाखिलावे घोषित किया गया लेकिन जिम्मेदार विभागीय अफसरों और प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई नहीं की गई वैश्य दो और दो में आयुष कॉलेजों के लिए अलग से परीक्षा कराई गयी प्रयागराज सहित कई जगह दा, दाखिले में फर्जी छात्र पकड़े गए फिर वर्ष 2019 में नीट में आयुष को शामिल किया गया जब से नीट के जरिए दाखिला हो रहा है उम्मीद थी कि नीट में ऑनलाइन काउंसलिंग प्रणाली में दाखिला ठेकेदार के घुसपीठ नहीं होगी लेकिन नीट 2021 के खुलासे ने साबित कर दिया कि यहां भी उनका दखल है 2000 के बाद तेजी से बढ़े निजी कॉलेज दाखिला ठेकेदारों की सक्रियता से आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक कॉलेज डॉक्टर बनने के आसान साधन बन गए पहले प्रदेश में सिर्फ लखनऊ में आयुर्वेदिक कॉलेज था अन्य निजी कॉलेज थे, जो दाखिला और डिग्री तक सीमित थे लेकिन वर्ष 1980 के आसपास आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन शुरू हो उन्नीस सौ के बीच मुजफ्फरनगर हंडिया और पीलीभीत में चल रहे निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों का प्राधिकरण हुआ